हमारी इस व्यापक दुनिया और उसकी क्रियाएं कुछ भौतिक नियमों पर आधारित हैं इसकी कल्पना एक वैज्ञानिक के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा कर पाना थोड़ा मुश्किल है इन भौतिक नियमों की खोज तो गैलीलियो और न्यूटन के समय से ही प्रारंभ थी पर 19वीं शताब्दी के शुरू होने से लेकर उसके अंत तक हमारे पास कई ऐसे नियम थे जो हमारी प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के कार्यकलापों की सही व्याख्या कर सकते थे इनमें कई आज भी हमारी दुनिया को सफलतापूर्वक चला रहे हैं चलती हुई गाड़ी से हमें कैसे उतरना है सड़क को मोड़ देने के लिए ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग बनाते हुए जहाज के निर्माण में एरो सिद्धांतों का कैसे पालन किया जाता है इनमें से हर चीज के लिए हमारे पास सही सही और ठोस उत्तर है लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का हमारी भौतिक दुनिया के नियमों से कोई वास्ता नहीं वो दुनिया जो हमारी नजरों के सामने है जिसकी क कलापों को सही सही मापा और तो जा सकता है हम शायद अपनी इस दुनिया में खुश रहते अगर 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा ने हमारा परिचय हमारी ही भौतिक दुनिया के उस रूप से नहीं कराया होता जिसे हम परमाणुओं की दुनिया कहते हैं ये उन छोटे छोटे कणों की दुनिया थी जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते थे पर जब जब हमने इनकी दुनिया को जानने की कोशिश की और अपने भौतिक नियमों से उनको पर रखना हम असफल हुए इन छोटे छोटे कणों के पास गति तो थी पर वो हमारे गति के नियम नहीं मानते थे उनके पास अवैज्ञानिक तो के सभी कार्यों का वर्णन अच्छी तरह से निर्धारित गणित द्वारा किया जा सकता है पर न्यूटन के सभी परिमाण परमाणुओं की इस दुनिया में असफल साबित हुए छोटी दुनिया की इस बड़ी चुनौती को वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया क्वांटम क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स के और विकास की कहानी का सबसे पहला है पर किसी अवन के अंदर के थर्मल से इसकी तुलना की जा सकती है जब इस रेडियंटी नर्जी के पैटर्न को बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ स्टडी किया गया तो उसमें एक विशिष्ट परिणाम में फ्रीक्वेंसी कंपन की दर और वेवलेंथ प्रति तरंग लंबाई में बेटे ऊर्जा के पैटर्न मिले पर विविध लंबाई की तरंगों में कितनी कोशिश की पर इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए आखिर वैज्ञानिक मैक्सान प्लांट ने यह सुझाया की यह थर्मल रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्ट्रिक पैकेट के रूप में निकलते हैं जिसे उन्होंने क्वॉन्टक कहा उन्होंने ये बताया की हर पाप की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वह जो ऊर्जा धारण करता है उस फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित संख्या से गुना करने पर पाया जा सकता है और इस तरह ब्लैक बॉडी की विकिरण ऊर्जा के वेरिएबल पैटर्न को समझा जा सकता है उनके इस निश्चित स्थिरांक को के नाम पर प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया वैज्ञानिक मैक्स प्लांट प्लांट का ये कांस्टेंट एच जिसका मानिज सिक्स थ्री थर्टी फोर जो सेकंड होता है ने इस समस्या को सुलझा तो दिया पर ये प्रति पैकेट ऊर्जा का फॉर्मूला क्यों होता है इसका जवाब प्लांट के पास नहीं था 19वीं सदी खत्म होते होते करीब अठारह में जे जे टॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी और बीसवी सदी के आरम्भ में परमाणुओं के स्ट्रक्चर स्वरूप की परिकल्पना जोर पकड़ने लगी थी परमाणु पर के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं इस पर विचार होने लगे और इसके लिए नए नए, नए मॉडल सुझाए जाने लगे वैज्ञानिकों को आकर्षित किया इस प्लैनेटरी मॉडल ने पर इस मॉडल की परिकल्पना क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार गलत थी पर इस कॉन्ट्रोडिक्शन का कारण बना मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार एक्सिलेटेड मोशन में किसी भी घूमते विद्युत भारत कर्ण यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा विद्युत चुन तरंगों के रूप में निकलती है जिसका मतलब था कि ऑबिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली की तरंगों के रूप में खोता रहेगा और मतलब था एटम को अनस्टेबल मानना जो की संभव नहीं था इस समस्या का समाधान निकाला डेनमार्क के वैज्ञानिक न्यूजबो ने वो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त रेडिएशन स्पेक्ट्रम की लाइनों का अध्ययन कर रहे थे उन्होंने ये व्याख्या दी कि इलेक्ट्रॉन जब अपने में ऊर्जा तो को फोटोन नामक एक मैसलेस पार्टिकल यानी प्रकाशकंड के रूप में वह बाहर निकालता है ये एनर्जी पैकेट के रूप में होती है और इसे ई का मान निर्धारित करने के लिए बॉनिलिया प्लांट की कल्पना का सहारा उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में प्राप्त अलग अलग लाइनों की फ्रीक्वेंसी को प्लैंट के कांस्टेंट से गुना किया जाए तो ऑबिट को जंप करने के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर छोड़ी गई ऊर्जा का हिसाब लगाया जा सकता है प्लैंक द्वारा दिया गया स्थिरांत कांस्टेंट और इसका मूल्य वैल्यू एक ऐसा गणितीय चमत्कार था जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया और बौने इसकी मदद लेते हुए प्लानिटरी मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन गैस की स्पेक्ट्रल लाइन्स की सही व्याख्या भी कर दी पर इन दोनों उदाहरणों में प्लांक इलेक्ट्रोमैगनेटिक तो था। था एलेक्ट्रो थी का पालन करना चाहिए जो की एक सत्यापित भौतिक नियम है तो क्या इसका मतलब यह था की ऑबिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल की तरह व्यवहार नहीं करता इस अजीब से सवाल का उतना ही अजीब जवाब भी था जवाब था कि ऑबिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल या मैटर की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह व्यवहार करता है। और जवाब सब वैज्ञानिक ने ढूंढा उसका नाम था द ब्रॉगली तो ब्रोगली द ब्रॉगली की इस धारणा से पहले आइंस्टाइन ने उन्नीस में एक क्रांतिकारी धारणा पहले ही दे दी थी की प्रकाश की तरंगे एक के समूह की तरह व्यवहार करती है Einstein की की धारणा प्रायोगिक तौर पर पर भी सही पाई गई जब प्रकाश तरंगें एक धातु के प्लेट पर डाली गईं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पड़े जिनको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मेजर भी किया गया आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में मेटल से टकराकर अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है आइंस्टाइन का ये सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से मशहूर हुआ जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी नवाजा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कई उदाहरण हम आम जिंदगी में हर रोज देख सकते हैं खासकर फोटोसेंसर्स से जुड़े किसी भी एप्लीकेशन में इसका अनुभव किया जा सकता है आइंस्टाइन की इस अवधारणा के बाद ही जी एच के फोटोन के रूप में यानी मैट की तरह व्यवहार करने में कोई संदेह नहीं रहा उधर द ब्रॉग्ली ने अपनी परिकल्पना को एक गणितीय रूप दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक वेव की तरह व्यवहार करेगा तो उसका वेवलेंथ प्लांट के कांस्टेंट को उसके मोमेंटम से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन कणों के इस वेव नेचर को द ब्रॉगली ने 100 इलेक्ट्रॉन वॉल्व की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल डिफरेक्शन द्वारा साबित किया जहाँ उन्हें किसी वेव की तरह ही इलेक्ट्रॉन के भी डिफरैक्शन पैटर्न मिले तो ब्रॉगली के इस सिद्धांत ने बॉके एटॉमिक मॉडल को सही पीटिका दी थी जिसके अनुसार हर ऑर्बिट को एक अलग अलग मान वैल्यू के एनर्जी लेवल्स के रूप में माना जा सकता है और इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा की ऊंची सतह से निचली सतह पर कुदान करता है तो एनर्जी एक पैकेट के रूप में रिलीज करता है जो फोटोन यानी लाइट के रूप में दिखाई देती है साथ ही साथ ये धारणा भी प्रयोग के तौर पर सही पाई कई की फोटोन द्वारा योग्य परिमाण में ऊर्जा दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन निचली सतह से ऊपरी सतह में भी जा सकता है परमाणु पर में ऊर्जा की विभिन्न में इलेक्ट्रॉन के होने की परिकल्पना ने एक और आविष्कार को जन्म दिया जिसे हम एल के नाम से जानते हैं आज क्वांटम फिजिक्स की क्वान देन से हम सब वाकिफ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या फिर मेडिकल साइंस का क्वांटम फिजिक्स की इस दुनिया में हमने वेव को पार्टिकल और पार्टिकल को वेव की तरह व्यवहार करने की आज़ादी तो दे दी पर कब वो ऐसा करेंगे यानी कब पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करेगा और वेव पार्टिकल की तरह इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं था और न ही आज है स्टर्न नामक वैज्ञानिक भी अपने मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा सिर्फ यही साबित कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का वेव या पार्टिकल के रूप में व्यवहार निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता यानी इलेक्ट्रॉन का इनमें से किसी भी रूप में व्यवहार करना प्रॉबेबिलिटी यानी संभावना पर आधारित है तो के के पार्टिकल वेव वेवलेंथ को निर्धारित करने वाले फॉर्मूले, वेवलेंथ फॉर्मुलेट पी के आधार पर यह कहा जा सकता था कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ काफी कम और उस हालत में पार्टिकल का पोजिशन काफी हद तक निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि उस वक्त यह एक पॉइंट पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा दूसरी तरफ अगर मोमेंटम काफी कम हो तो वेवलेंथ काफी ज्यादा होगा जिसका मतलब था कि पार्टिकल वेव की तरह ज्यादा स्पेस करेगा और एक वेव की तरह व्यवहार करेगा। 1925 में ने इस व्याख्या को अनसर्टनली प्रिंसिपल का नाम दिया और इसको निर्धारित करने के लिए एक गणितीय फॉर्मूला भी दिया एपेक्स इक्वल जिसके अनुसार पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सटीकता के साथ नहीं मापे जा सकते और ये गणितीय फॉर्मूला इसी अनिश्चितता को मापने का एक तरीका था इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निर्धारित करने के लिए अगर प्रकाश डालें, तो इलेक्ट्रॉन का वास्तुमान इतना हल्का होता है कि प्रकाश की तरंगे उसे खिसका देंगी इसलिए उसके पोजीशन को हम प्रिसाइसली बता नहीं सकते कोश वेव पार्टिकल ड्यूवालिटी और अनसर्टनिटी से होती हुई क्वांटम फिजिक्स अंततः उस जगह पहुंची जहां पार्टिकल के वेव नेचर और उसके व्यवहार को ठीक से समझने की जरूरत हुई एक ऐसे मैथमेटिकल स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई जो इसे हर तरह से हर कंडीशन के लिए डिफाइन कर सके और हाइजेनबर्ग के यू इंसटिनटी प्रिंसिपल देने के ठीक साल भर के अंदर ही श्रोडिंग नामक वैज्ञानिक ये गणितीय हल दे दिया जो हर पार्टिकल के वेव कैरेक्टरिस्टिक को बखूबी दर्शा सके और आज अस्सी सालों के बाद भी श्रोडिंग का, का हाइड्रोजन एटम के मॉडल पर काम करने वालों को उस वक्त कुछ नए धारणाओं की जरूरत महसूस हुई जब कुछ कॉम्प्लेक्स एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइन को नापा गया और एक ही ऑबिट के इलेक्ट्रॉन के व्यवहार में अंतर पाया गया कुछ दशाओं में यह पाया गया कि एक ही ऑबिट के दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी सारे मापदंडों में अपने एक्सेस पर भी घूमना मतलब और, और, और फिर ये पाया गया कि दो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर में अंतर स्पाइन के अलग अलग दिशाओं की वजह से भी हो सकता है इसकी मदद लेकर पॉलिनाम के वैज्ञानिक ने एक्सक्लूजन का सिद्धांत दिया, जिसके मुताबिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वान्टि मेंटम और स्पिन में कहीं ना कहीं अंतर होगा इलेक्ट्रॉन के स्पिन की धारणा ने क्वांटम फिजिक्स को भी एक नया स्पिन दिया इलेक्ट्रॉन जैसे कनों का स्पिन पूरा है या आधा इंटरग्रल और नॉन इंटरग्रल इन दो संभावनाओं को लेकर भी गणित के इस्तेमाल द्वारा एक नए विषय की नींद पड़ी जिसे क्वांटम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं और इसके द्वारा मैटर पार्टिकल के अलग अलग व्यवहारों की व्याख्या करने की कोशिश की गई पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया की व्याख्या करने वाली क्वांटम फिजिक्स के गणितीय फॉर्मुलों और धारणाओं का इस्तेमाल कभी कभी एक बड़े वस्तुमान मास के व्यवहार को समझने में भी किया जा सकता है इसका सबूत दिया भारत में जिनमें वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आर् जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला जब सूरज जैसा अधिक फूसने की संभावना न रहने से तारे का आकूचन रोक जाता है ऐसी स्थिर अवस्था में आए तारे को व्हाइट वॉफ कहते हैं पर पावली का नियम लागू होने के लिए यह जरूरी है की तारे का वस्तुमान एक निश्चित सीमा से अधिक न हो इस सीमा या लिमिटेशन को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं क्योंकि इसे निर्धारित करने का काम चंद्रशेखर ने किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लेकिन इन सफलताओं के बावजूद क्वांटम फिजिक्स को परिपूर्ण नहीं मानते थे न तो घोर और उनकी क्वांटम फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी वाली दुनिया को स्वीकार ही कर पाते थे उन्होंने कहा भी था कि गॉड डे डाइस विद द यूनिवर्स यानी भगवान हमारी दुनिया के निर्णय पासे फेंक कर नहीं करता कहीं कोई निश्चित पैटर्न है जिसे हम अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं इसलिए वह अनिश्चित लगता है क्या आइंस्टाइन की यह धारणा सही थी कहीं कोई ऐसा नियम है कोई ऐसा सूत्र है जिनसे सारे नियम निकलते हैं चाहे वो भौतिक दुनिया के हों या परमाणुओं की दुनिया के आइंस्टाइन से असहमत रहने वाले भी यह मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की नींव अभी सुदृढ़ नहीं है संभावनाओं पर आधारित समीकरणों की मदद से अब तक खाओ यानी कैसे का जवाब तो काफी हद तक इसमें ढूंढ लिया गया है पिछले दो दशकों में वैज्ञानिक जॉन बेल के गणित पर आधारित कुछ प्रयोगों ने ऐसे दृढ़ संकेत देशी नाइट इंडिकेशंस दिए हैं जो बौथ द्वारा प्रस्थापित संभावनाओं पर आधारित सूक्ष्म है